सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल में और इसके साथ साथ आइकन को प्रेस कीजिए ताकि की आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे हेलो गाइज मैं आज आप सामने एक सेटिंग्स के बारे में कुछ बताना बताऊंगी तो देख लीजिए सेटिंग्स कहाँ है और कैसी करती है तो देख लीजिए आप, आपकी मोबाइल की नंबर को हाइट कर कर फ्रेंड के साथ मज़ा कर सकती है कॉल कर सकती है किसी भी किसी के साथ डरा सकती है तो देख लीजिए कैसी करती है और कहाँ कहाँ है इस ऐप को लघु दिखाती हो लघु और इसको डिंगटन है लघु और डिंगटन को इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड कीजिए हाँ मेरा पहला नंबर में डिंगटन आ गई और इसको चार्ज कीजिए डिंग टॉन चार्ज करते हो डी आर एन डी ओ एन ए इसको चार्ज कीजिए तो देख लीजिए डिंग आ जाएगी हार्डिंगटन आ, आ गई है डिंगटन टॉन फ्री टूट कॉल्स फ्री टैक्सिंग तो देख लीजिए मेरा डाउनलोड है अब दिखा रही है ओपन तो ओपन करती हो हाँ ओपन कर ओपन कर लिया हमने ओपन करने के बाद इसको देखिए क्रेडिट रेमिंग कैसे जमा करती है तो देख लीजिए यहाँ पर क्लिक कीजिए क्रेडिट रूल्स देख बाद में देखिए गेट फ्री क्रेडिट्स यहाँ पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद देखिए कनेक्ट ब्रांड्स यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आप लोगों बारह घंटे 24 घंटे के बाद आप लोगों को दो क्रेडिट मिलेंगे डेली चेकिंग यहाँ पे अभी आप वन पॉइंट क्रेडिट मिलेंगे तो बाद में देखिए इसका ऑप्शन है आई एम फीलिंग लक की यहाँ पर तो ज़ीरो पॉइंट फाइव क्रिडिट मिलेंगे क्रिकेट तो इसी तरह आप लोग पैसा जमा कर सकते हैं रोज़ रोज़ कमा सकते हैं पैसा तो अभी मैं कॉल कर कर सुनाती हूँ कैसी नंबर जाती है और कहा तो देख लीजिए मैंने इसको इतने सारे को कॉल किया था तो आप मैं मेरे घर में रहने वाला एक मोबाइल में कॉल करेंगे एक तो वीडियो कर दिखाऊँगी चलिए तो मैं कॉन्टेक्ट के ऊपर मैं ब्ला कर दिया था क्योंकि मेरे नंबर आ जाती थी, थी और इस नंबर को आप लोग मैंने आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया इसीलिए आप लोग को क्योंकि आप लोग मेरे नंबर में पहचान नहीं गया इसीलिए मैंने फाइट कर दिया आप लोग देखिए यही है नंबर इसी नंबर में आप लोग कल कल आती है तो वीडियो अच्छी लगेंगे तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ये देखिए मेरा कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट मेरा दूसरी मोबाइल लेकर मैं भी साथ देकर मैंने कॉल किया लोग देख लिया है इसी तरह नंबर में कॉल आती है और इसमें इस नंबर में जितनी बार ब्लॉक करेंगे इतनी बार दूसरे दूसरे अलग अलग नंबर में कॉल जाएंगे इसको ब्लॉक कर नहीं पाएंगे तो तीन बार ब्लॉक किया तो पाँच तो तो मिनट के लिए फूल नहीं लेंगे तो मिनट के पाँच मिनट के बाद आप लोग इसे ट्राई करेंगे कॉल लग जाएंगे तभी तो इस, इस नंबर की हाइट नहीं कर पाएंगे और कॉल नहीं कर पाएंगे तो आज वीडियो इतने है, मेरा वीडियो पसंद नहीं तो लाइक कीजिए और हाँ, हाँ हाँ अरे एक बात नहीं बोल रही हूँ मेरा चैनल का मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकली और वीडियो दूसरे वीडियो में मिलेंगे बाय थैंक थैंक थैंक यू फॉर वॉचिंग को मैंने कब डाउनलोड किया किस ले किया मैं एक लड़के को मैसेज किया था जब उन्होंने ब्लॉक कर दिया तब ही मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया इसके साथ परिश्रम किया था रात बारह बजे एक बजे नौ बजे मैं इसको साथ सर... इसी तरह मिस कर लिया था और कॉल किया था एक दिन कॉल उठाया बाद में नहीं उठाया क्योंकि इस नंबर में बहुत अलग करके इसे कॉल देती इसलिए डर गई है इसलिए कॉल नहीं उठाया इसलिए बहुत मज़ा आती थी तो आप लोग नहीं कर सकते हैं ऐसी कम, ऐसे ही कर सकते हैं लेकिन के साथ नमाशा तो आप लोग इस वीडियो को देख डाउनलोड कीजिए और परेशान कीजिए सब लड़की के साथ तो आज वीडियो इतनी वीडियो अच्छी लगी थे लाइक कीजिए और अपने शेयर कीजिए बहुत मज़ा आएंगे